टीवी के कंट्रोवर्शियल क्वीन राखी सावंत के पति आदिल दुर्रानी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। राखी सावंत पहले ही उन पर धोखाधड़ी और मारपीट का मामला थाने में दर्ज करा चुकी हैं। अब आदिल पर ईरानी महिला ने शादी का झांसा देकर पांच महीने तक रेप करने का आरोप लगाया है टीवी की ड्रामा क्वीन राखी सावंत आए दिन चर्चा में बनी रहती है लेकिन अब चर्चा उनकी नहीं उनके पति आदिल दुर्रानी की हो रही है आपको बता दें आदिल पर पहले से ही राखी सावंत ने चोरी धोखाधड़ी और मारपीट की शिकायत दर्ज करा चुकी है जिसके तर्ज पर आदिल को गिरफ्तार किया गया है अब आदिल को लेकर नया खुलासा हुआ है दरअसल एक ईरानी महिला ने आदिल पर रेप का आरोप लगाया है महिला ने बताया कि वह फार्मेसी की पढ़ाई के लिए इंडिया आई थी और उसने मैसूर के कॉलेज में दाखिला लिया था वहीं पर उसकी मुलाकात आदिल से हुई आदिल वही एक फूड आउटलेट का मालिक था महिला अक्सर वहां जाया करती थी धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गई और एक दिन सात फ्लैट में शिफ्ट हो गए लेकिन जब महिला ने आदिल से शादी की बात कही तो उसने ये कहते हुए साफ मना कर दिया कि उसके कई लड़कियों से ऐसे संबंध रहे हैं और वह किसी से शादी नहीं करेगा वहीं महिला का कहना है कि आदिल ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी, दी वो खबरें जो आपके काम की हैं, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी हैं। हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज